आज हम आपको IRCTC से किस प्रकार से रेलवे का टिकट बुक किया जाता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं और इसके लॉगिन पासवर्ड किस प्रकार से आपको मिलेगा यह हमने पहले ही इसका वीडियो बना दिया है आप जा करके प्ले में देख सकते हैं कि किस प्रकार किस, इसका लॉगिन और पासवर्ड किस प्रकार से आपको मिलेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है आई आर सी टी सी ये सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से नज़र आएगी इसके बाद आपको ये ओपन है इस पर ओपन कर देना है ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है तो चलिए दोस्तों हम लॉगिन कर देते हैं लॉगिन करने के लिए आपको एंटर फोर डिज़िट पिन ये आपको फ़ोर डिज़िट पिन बट डालना है ये पिन तब बनाया जाता है जब आपको शुरू में लॉगिन पासवर्ड लेना होता है उसके बाद आप ये जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है फ़िल करने के बाद लॉगिन लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं आप आई के एप्लीकेशन के अंदर अब लॉगिन हो चुके हैं इसके बाद आपको जिधर के लिए भी टिकट लेना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रेन इस पर सर्च करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक टिकट इस बुक टिकट पे क्लिक करना है और आपको ये देखना है कि आप किस ए, कहाँ के रहने वाले हैं तो किस स्टेशन से आपको किस स्टेशन तक का चाहिए तो इसके लिए आप जिस जिले के भी हों तो वहाँ का आपको इस्टेसन यहाँ पर डालना है उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ये डालना है मान लीजिए हमको फतेहपुर से अलीगढ़ जंक्सन जाना है तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास जो भी आप चाहते हैं तो ये क्लास की लिस्ट आप देख सकते हैं तो इस पर हमको स्लीपर क्लास चाहिए तो स्लीपर पे हमने क्लिक कर दिया आप ये देख सकते हैं कोटा कोटा पे आपको यहाँ पर कोटे की लिस्ट आ जाएगी जनरल लेडीज़ तत्काल जिस कोटे पर आपको चाहिए तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं तो हमें जनरल चाहिए तो हमने जनरल पर सेलेक्ट कर दिया है इसके बाद आप देख सकते हैं डिपार्चर डेट जिस डेट को आपको जाना है यहाँ पे आपको वो डेट सेलेक्ट करना है तो चलिए हमको जो जिस डेट पे जाना है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं तो सर्च करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी गाड़ी होंगी उस दिन चलने वाली जहाँ से आप जा रहे हैं और जहाँ आपको पहुँचना है तो वहाँ पर की सारी ट्रेनें आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी तो आपको जिस ट्रेन पर भी जाना है तो उस ट्रेन को यहाँ पर देख लेना है अपने टाइम और समय अनुसार तो उस पर सेलेक्ट कर देना है तो चलिए हम हमको जो है प्रयागराज एक्सप्रेस इस पर मान लीजिए जाना है तो ये स्लीपर इस पर हम क्लिक करके पहले देखेंगे कि सीट अवेलेबल है या नहीं तो आप देख सकते हैं एस इस पर मंडे चार जुलाई को नौ सीट अवेलेबल हैं तो इस पर हम और आप देख सकते हैं नीचे दो यानी इसका रिज़र्व टिकट दो है तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल इस पर आपको क्लिक करना है तो इसके बाद आप देख सकते हैं प्रयागराज एक्सप्रेस इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं तेईस बज के अठारह और यह आपको सुबह चार पंद्रह पर पहुँचाएगी फ़तेहपुर से अलीगढ़ जंक्सन अवेलेबल 15 मिनट नौ सीटें हैं स्लीपर जनरल क्लास इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट पैसेंजर कैंडिडेट बोर्डिंग स्टेशन फ़तेहपुर है आप ये देख सकते हैं फ़तेहपुर कानपुर वाये होते हुए इसके बाद सेलेक्ट पैसेंजर तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐड न्यू तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना जो भी पैसेंजर अगर आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे उसका नाम डालना है तो चलिए हम नाम डाल देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क... जिसका भी है कैंडिडेट का उसका नाम डालना है उसकी यहाँ पे एज डालना है उसके बाद ये मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर जो भी है वो डालना है नेशनलिटी यहाँ पे डालना है इसके बाद बर्थ परफेरेंस में नो no बर्थ आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से लोअर मिडिल अपर या साइड लोअर साइड अपर तो इस पर नो परफॉर्मेंस जो सेलेक्ट है उसको रहने दें उसके बाद ऐड पैसेंजर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पैसेंजर ऐड हो गया है उसके बाद अगर आप दूसरा भी करना चाहें तो यहाँ से दूसरा भी ऐड कर सकते हैं तो दोस्तों ये तो एक तरीका हो गया इसके बाद हम आपको एक दूसरा तरीका भी बताते हैं कि किस प्रकार से आपको आधार नंबर के माध्यम से किस प्रकार से आपको ऐड करना है तो चलिए दोस्तों हम उसको भी आपको बता देते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले आपको बाहर आना है मेनू पर मेनू पर आने के बाद ये आप सबसे नीचे देख सकते हैं माई अकाउंट इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर माई अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माई मास्टर लिस्ट इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे माई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं साइड में एड पैसेंजर तो यहाँ पे आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए देख सकते हैं आप ए, पैसेंजर टाइप नॉर्मल है या दिव्यांग है या जर्नलिस्ट हैं जो भी हैं तो इस पर एक तरीके का आपको एक आरक्षण भी मिल सकता है तो अमूमन नॉर्मल है तो नॉर्मल नौर, पर सिलेक्ट रहने दें उसके बाद आधार की तरह जो आपका आधार कार्ड में नाम हो यहाँ पे आपको आधार का नाम दर्ज करना है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करनी है आधार की और यहाँ पर मेल फ़ीमेल और सीट बर्थ वग़ैरह आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फूड वगैरह का है कि अगर आप कोई खाना पीना मंगाना चाहे तो उसको सेलेक्ट करना है वो आईडी कार्ड टेप तो चलिए दोस्तों हम इसको आपको करके बता देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है नॉर्मल टेप पैसेंजर टाइप पे नॉर्मल सेलेक्ट कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ उसके बाद मेल फीमेल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद बर्थ परफेरेंस में आपको ये जो नो बर्थ है ये सिलेक्ट रहना है इसको कुछ नहीं करना और यहाँ पे नो फूड पे ही सिलेक्ट रहने देना है इसके बाद आईडी कार्ड टेप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी आईडी लगा रहे हैं तो मान लीजिए आधार कार्ड हमको लगाना है, तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं बाकी यहाँ पर कई हैं दिव्यांग लाइसेंस है पासपोर्ट है पैन कार्ड है वोटर कार्ड है कई डॉक्यूमेंट्स हैं इन इन डाक्यूमेंट्स में आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं तो हम आधार कार्ड लगाते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है तो दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद ये आप देख सकते हैं ऐड पैसेंजर यहाँ पे आपको ऐड कर देना है तो आप देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल एडिट सक्सेसफुली तो इस पे आपको ओके कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका आधार नंबर और ये आपका ऐड हो चुका है हरे कलर के निशान से है जो कि वेरीफाइड है आप इस पर एडिट पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से और इस पर अगर अदर भी और पैसेंजर जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं तो ये आपका आधार के माध्यम से ये वेरीफाइड अकाउंट है अब आप डायरेक्ट चुन करके डायरेक्ट टिकट ले सकते हैं आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है या आपको कोई भी टिकट का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्ट आधार सेलेक्ट करके ही टिकट बुक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम एक दूसरा बुक करना है तो हम दूसरा भी बुक कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दोनों पैसेंजर को ऐड कर लिया है अब ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर होम पे आना है होम पे आने के बाद आपको फिर अपना वही टिकट वगैरह सर्च करना है फ्रॉम पे आप एफटीपी या यानी जहां से आप जा रहे हैं तो उस ज़िले के स्टेशन का नाम यहां पे डालना है प्लस टू पे आपको जहां पहुंचना है उसका नाम डालना है क्लास यहां पे सिलेक्ट करना है तो आप यहां पे स्लीपर क्लास सेलेक्ट कर दें उसके बाद जनरल कोटा या तत्काल जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर दें उसके बाद आपको जिस डेट में जाना है तो यहाँ पर आपको वो डेट सेलेक्ट करना है उसके बाद ओके कर दें उसके बाद सर्च कर देना है तो सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी उस ट्रेन की लिस्ट पे आपको स्लीपर क्लास सेलेक्ट करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट नौ अवेलेबल है दो सौ का टिकट है तो यहाँ पे आपको पैसेंजर डिटेल यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप यहां पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपकी टाइमिंग चल रही है अवेलेबल नो टिकट है अब यहां पे आप ऐड न्यू के माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं जो कि हमने पहले बता चुके हैं और उसके बाद अगर आपको यहां से ऐड नहीं करना तो ये आप देख सकते हैं ऐड एक्साइटिंग तो इस पर आपको क्लिक करना है और जो आपने अभी टिकट आधार के माध्यम से जो ऐड किया है वो यहाँ पर नाम आ जाएंगे तो उन पर आपको जिन जिन लोगों को भी आपने ऐड किया है या जिनका टिकट चाहिए बस उन पर आपको बॉक्स पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पैसेंजर कर देना है तो आप देख सकते हैं वो सभी लोग यहाँ पर ऐड हो जाएंगे आधार के माध्यम से लेकिन आपको अपना आधार ले जाना अनिवार्य है टिकट के समय क्योंकि टीटी -टी अगर आएगा तो वो टिकट भी ए, आपका आधार नंबर भी चेक कर सकता है तो उसके बाद रिवाइव जर्नी डिटेल तो ये यह आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद ये पैसेंजर मोबाइल नंबर तो ये यह आप यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर हो डाल सकते हैं उसके बाद टिकट आपका आपने जो ईमेल आईडी लॉगिन पासवर्ड के समय दी होगी तो वही लॉगिन आईडी पे आपका ये जीमेल के आईडी पे आपका टिकट सेंड कर दिया जाएगा उसके बाद एंटर या कोच नंबर वगैरह कुछ अगर तो ये आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद आपको को, कोई जो है रिजर्वेशन चॉइस वगैरह इसको भी आप रहने दें और जी टैक्स बेनिफिट ऑप्शनल है ये भी आप और पेमेंट मोड़ तो आपको जिस माध्यम से भी पेमेंट कटाना है तो आप उसको चुन सकते हैं तो, तो पेटीएम तक तो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कार्ड नेट बैंकिंग वैलेट अदर और ये पेटॉक तो भीम यू पी आई जिसके माध्यम से आप कटाना चाहें तो ये कटा सकते हैं तो चलिए हम ये पेटीएम तक तो, भीम यूपीआई पी सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे यस एक्सेप्ट पर क्लिक करना है इंश्योरेंस इस पर और रिवाइव जर्नी इस पर आपको क्लिक कर देना है तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपका जो है पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है टिकट वगैरह अब आपको यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना है तो आप देख सकते हैं ये कैप्चा आपको जो दिख रहा है यहाँ पे इसको आप डाल दीजिए ये डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टिकट आपका बता देगा कि कितने का दोनों का टिकट हो रहा है उसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल वेरीफाई कर लीजिए वेरीफाई करने के बाद ये दोस्तों हम इसको प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर देते हैं ये क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं भीम यूपीआई या मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस सेलेक्ट पेमेंट मेथड जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट मतलब सही लगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो हम भीम यूपीआई से सेलेक्ट करते हैं उसके बाद पे पे पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है अगर आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो, तो चलिए दोस्तों हम अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओ आएगा उस ओ को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और पेटीएम पे, पे लॉगिन हो जाना है ओ टी डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये अपने ही आप उठा लेगा तो इस पर आपको जो भी आपकी बैंक होगी वो अपने आप सेलेक्ट होगी उस पे आपको सेलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद पे इस पे पे क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप ये पे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक टाइमिंग चलने लगेगी तो एक मैसेज आपके नोटिफिकेशन जाएगा पेटीएम पे पेमेंट करने के लिए उस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद वहां पर आपको जा कर पेमेंट करना है ये देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट आ चुकी है और तो पेमेंट रिक्वेस्ट आने के बाद यहाँ पे पर क्लिक कर देना है जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपको पासवर्ड मांगेगा तो इस पर आपको क्लिक करना है तो चलिए हम पासवर्ड डाल देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं पासवर्ड डालने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और जैसे ही इधर से आपका पेमेंट होगा उधर आपका टिकट जनरेट हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हम टिकट अपना चेक करते हैं कि टिकट हमारा हुआ या नहीं तो दोस्तों आप देख सकते हैं आ, ये हमारा टिकट कंफर्म हो चुका है और ये मैसेज भी वगैरह भी आ चुके हैं इसके बाद देखिए कोच नंबर S6 में 19 नंबर बर्थ इनकी है और सेकंड वाले की S6 में 21 नंबर बर्थ इनकी है अब यहां से आप अपना टिकट भी डाउनलोड कर सकते हैं तो ये टिकट भी डाउनलोड हो गया है और टिकट डाउनलोड होने के बाद ये आपकी गैलरी में पी फाइल पर आ जाएगा और मोबाइल पे एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका क्या पी नंबर है क्या कोच वगैरह क्या बर्थ है ये सब उस पर आ जाएंगे और आपके मेल आईडी पे आपको टिकट भी सेंड कर दिया जाएगा तो चलिए दोस्तों अब हम ये नीचे जो देख सकते हैं माय ट्रांजेक्शन इस पर आपको क्लिक करना है माय ट्रांजेक्सन पर क्लिक करने के बाद माई बुकिंग इस पर आपको क्लिक करना है आप देख सकते हैं ये आपका टिकट यहाँ पर हो चुका है कन्फर्म इस्टेटस बुकेट तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की आपको नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों